रहा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है एक दिन मेरा दिल ये कहता है हूँ मेरे माजी बन जाओ मेरी नाभ चला जाओ माजी बन जाओ बच्चाओ चला जाओ रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ रो तो देखो बाबा शाह तुम गले लगा जाओ ओ, ओ, ओ, हारा हो बाबा पर तुझ में भरोसा है जीको का एक दिन मेरा है हारा हो बाबा पर तुझ में भरोसा है जीको का एक दिन मेरा बन जा, जा। चला जा। बन जा, आ... चला चला गले लगा जा गले तो लगा जाओ ये बरदान है इनके पास जो हार के आया वो कभी नहीं हारा दोबारा तो जो हार कर आया है सुदामा बन कर आया है तीन अवस्था में आए जरा हाथों को खोलना और ताली बजाकर एक बार आराम पापा पर तुझ में भरोसा है भगतों की बिगड़ी बनाता की बनाता दुनिया, दुनिया में ऐसा कोई सेठ नहीं जिसको सब कहते हो अच्छा है दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सब कहते अच्छा है लेकिन दुनिया में एक ऐसा सेठ है जिसको कोई भी बुरा नहीं कहता सब कहते है अच्छा है ओ मैंने सुना की संकट मिटाता तो मिलता ना किनारा है कोई और सहारा है मिलता ट्रेनिंग के लिए लेके गया बोला बेटा वो देख सामने लाइट जग रही है उस घर में सातवीं बार चोरी करेंगे बेटा बोला बापू इतना कितना माल पड़ा है वहां पे छह बार चोरी कर ली सातवीं बार फिर तैयार है बोला बेटा वो खाटू शाम जी जाते हैं मैं जितना चुरा के लाता हूं पापा तीन गुना करके दे देता है उन्हें तो बेटा बोला बापू कब तक इनका कुंडा खड़काता रहेगा खाटू शाम जी जाके उसका कुंडा खड़का ले हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो यही बात है बाबा के दरबार में कहो कि बाबा बस हारा बाबा, है। भाई के दिन, मेरा है। हो बाबा पर तुझ में भरोसा है हारा बाबा परिवार में एक आदमी परेशान हो तो वो अकेला परेशान नहीं होता पूरा परिवार परेशान हो जाता है ऐसा परिवार मेरा तेरे गुण है गाता।, गाता।, गाता। दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता? शी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता? रोशी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता? तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है तुझ पे भरोसा कहता है, हारा बाबा, और कुछ में भरोसा है जी का एक दिन मेरा दिल ये कहता है काटू तो वाला है हम जैसे थी का आधार काटू वाला है हम जैसे थी का आधार। आसुआ आधा। से भी ढोका आता हम जैसे का ढोका चलते चलते जब गिर जाता हूँ चलते चलते जब गिर जाता हूँ बाह पकड़ के मुझे उठाता है वाह पकड़ के मुझे उठाता है क्यों खबर आता है।, है ऐसा कह के धीरे बधाता है ऐसा कह के धीरे बधाता है कौन कौन अपना है मेरे बाबा कौन कौन अपना है आंसू आंखों के पूछे आसू आंखों आसू आंखों के पूछे आंसू में बस एक ठिकाना है खाटू वाला शाम हमारा है खाटू वाला शाम हमारा है, है। लोग कहते है, तुम खाटू क्यों जाते हो मैं उनसे पूछता हूँ तुम घर क्यों जाते हो दरबारे में खाटू वाले के दुख दरिंद्र मिटाए लोग लोग हाँ सीने से लगाए चाहते तो मिटाए महफिल है दीवानों की हर बात यहाँ पर मत वाला ये बात तो संदेश उठाओ देना देना हाथ किसको संदेश से चाहिए ये ये। तो संदेश आते हैं संदेश आते हैं घाटू में बुला है